तेरे जैसे चुतिया मेरे पास नहीं आते मैं तेरे जैसे चुतिया मेरे पास नहीं तो आते हैं तू कुत्ता कृष्णा कृष्णा कुत्ता है तू कुत्ता कृष्णा नमक जाना होगा